आज सैंतालीस एचसीएस जो 2020 के बैच के थे वो सब आए थे और सबसे परिचय हुआ बहुत अच्छा बैच ये है अच्छे पढ़े लिखे लोग और जिसको हमने मिशन मेरिट के साथ आ, मैं जोड़ करके अगर इसको देखता हूँ तो वास्तव में ही एक अच्छे बैच की भर्ती हुई है और सब ने अपने अपने एक्सपीरियंस अपने क्षेत्र के वो सब बताए हैं अच्छे अच्छे सुझाव भी दिए हैं उन सुझाव के हिसाब से जो भी जो भी अच्छे सुझाव हैं उनके ऊपर हम काम करेंगे और हमने भी अपनी अपेक्षाएं उनको बताई हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के नाते से पद के हिसाब से अपने आप को ना आके बल्कि काम के हिसाब से आके काम जिसको जो फील्ड का मिलता है उस काम में उनको तत्पर रहना चाहिए और एक अच्छा एक वातावरण बैठक का रहा उस नाते बैठक आज परिचयात्मक बैठक हुई आज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 उनके ऊपर हम काम करेंगे और हमने भी अपनी अपेक्षाएं उनको बताई हैं